So, साथियों अपने पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा था कि उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है तो इसका जो शुरू करते हैं पुलिस और पेट और सभी अन्य एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में पहली बार उल्लू का मेला कहाँ पे आयोजित हुआ था तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे में तो भारत में पहली बार उल्लू का मेला कहाँ पे आयोजित हुआ था पुणे में हमारा अगला प्रश्न किस विज्ञान के अंतर्गत सहवाल का अध्ययन किया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा के अंदर का किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है सन दो हजार बाईस में भारत में पहली बार जी ट्वेंटी समिति किस वर्ष होगी तो दो में होगी हमारा अगला प्रश्न है सरस्वती सम्मान किस विभाग में दिया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य में तो सरस्वती सम्मान किस विभाग तो में दिया जाता है तो साहित्य में दिया जाता है हमारा अगला प्रश्न है किसे जस्ते का फूल कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड तो जस्ते का फूल किसे कहा जाता है तो जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है हमारा अगला प्रश्न है कि अभी हाल में देश का सबसे पहला रेलवे विद्यालय कहाँ पे बनाया गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ोदरा गुजरात में अभी दोस्तों देश का सबसे पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया गया तो बड़ोदरा गुजरात में हमारा अगला प्रश्न है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी तो नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो विटामिन सी पाया जाता है हमारा अगला प्रश्न है कि पीस ऑफ फ्री यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री किस व्यक्ति पे आधारित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी पे तो पीस ऑफ यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री कैलाश सत्यार्थी पे आधारित है हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों की लक्षदीप की राजधानी कौन सी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवार तो लक्षद्वीप की राजधानी कौन सा है दोस्तों तो कवाराती है हमारा अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे तो रविन्द्र टैगोर थे हमारा अगला प्रश्न है कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है पास है तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन तो चीन जो देश है दोस्तों नाथुला दर्रा के पास है हमारा अगला प्रश्न है एशिया महाद्वीप में पशु को पशुओं का मेला किस देश में और कहा आयोजित किया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनपुर बिहार में एशिया महाद्वीप का पशुओं का मेला आयोजित किया जाता है हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कहा पे हाथियों के लिए हॉस्पिटल खोला गया है तो इसका सही आंसर मथुरा उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में मथुरा में हाथियों के लिए हॉस्पिटल खोला गया है हमारा अगला प्रश्न है भारत की कौन सी जगह है जो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानी जाती है तो इसका सही आंसर जो है खजियार वह जगह है जहाँ भारत में खजियार वह जगह है जहाँ पे मिनी स्विटरलैंड के नाम से वह जानी जाती है हमारा अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किन दो शहरों का नाम बदल दिया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैजाबाद और इलाहाबाद का तो उत्तर प्रदेश ने अभी फैजाबाद और इलाहाबाद शहरों का नाम बदल दिया है हमारा अगला प्रश्न है महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व तो का लाभ किस अनुच्छेद में दिया गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद बयालीस तो दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है की महिलाओं को मातृत्व स्थित मातृत्व का लाभ अनुच्छेद बयालीस में दिया गया है हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों सिन्यू 18 का अभ्यास किस देश के साथ हुआ था और ये कहां पे हुआ था तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिन्यू मैत्री 2018 का अभ्यास एयरफोर्स एयरफोर्स स्टेशन आगरा में हुआ था तो सिन्यू मैत्री 2018 का अभ्यास एयरफोर्स स्टेशन आगरा में हुआ था हमारा अगला प्रश्न है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सही आंसर जो है तेईस जनवरी तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है तो 23 जनवरी को तो मनाया जाता है हमारा अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशन ने, ने उत्तर प्रदेश को किस काम के लिए हाल ही में अवार्ड दिया है तो इसका सही आंसर जो है गंगा क्लीन एंड टेम्पल फ्लावर रेस्किलिंग के लिए यूनाइटेड नेशन ने, ने उत्तर प्रदेश को हाल ही में अवार्ड दिया गया है हमारा अगला प्रश्न है कैगा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक तो कैगा अटामिक पावर प्लांट कहा कर्नाटक में स्थित है हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में तो भारत में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित है हमारा अगला प्रश्न भारत संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल के प्रावधान दिए हुए हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तीन प्रकार का तो भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल के प्रावधान दिए गए हैं दोस्तों ये हमारा अगला प्रश्न इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा की सदैव अटल किस किस समाधि स्थल तो सदैव अटल किसकी समाधि स्थल है इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए धन्यवाद जय हिंद